नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पतंजलि का कॉलेज जहां मैं दूंगा आपको बहुत सारा नॉलेज भी दोस्तों आज हम बात करेंगे पतंजलि के दिव्य कुल्या मिश्रण भस्म के बारे में जी हाँ दोस्तों आज इस वीडियो में मैं ये कुल्या मिश्रण भस्म है इसके पूरे फायदे आपको बताने वाला हूँ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल पतंजलि का कॉलेज को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा उसे आप प्रेस करके पास में जो बेल आइकोन है उसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग और हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ की जानकारी व नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले व सबसे जल्दी मिल सके दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है और इसके बाद में मैं आपको इसकी पूरी जो है डिटेल और क्या इसके लाभ है वो मैं बताऊंगा और अगर आपको कुल्या मिश्रण भस्म चाहिए या मेधावटी चाहिए या पतंजलि की या कोई भी आयुर्वेदिक दवाई चाहिए तो स्क्रीन पे जो आप व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं ना इस नंबर पर मुझे आप कर दीजिएगा मैं बाय कोरियर आपके घर तक आपको जो भी चाहिए वो मैं आपको पहुँचा दूंगा और दोस्तों अगर आपको आपकी किसी भी बीमारी को लेकर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मैं आपको ऑन कॉल पर्सनल कंसल्टेशन जो है प्रोवाइड करवा दूंगा आपकी जो भी बीमारी है उसको लेके इसके ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों दिव्य कुल्याण मिश्रण ठीक है एक्चुअल ठीक है और कुल्या भस्म मिश्रण भी बोलते हैं ये मिश्रण क्यों बोलते हैं क्योंकि देखो भस्मे जो होती है नॉर्मली सिंगल आ, किसी चीज से बनती है लेकिन ये एक मिश्रण है इट इज अ कॉम्बिनेशन है ना ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन के कारण इसे मिश्रण कहा गया है ठीक है मतलब इसमें दूसरी भी चीजें मिली हुई है दूसरी भी भस्म मिली हुई है दूसरी भस्मों को मिला के कुल्याश्रण भस्म मिली हुई है बनी हुई है देखिए इस पे लिखा हुआ दोस्तों आयुर्वेदिक प्रोपायटरी मेडिसिन ठीक है तो ये आयुर्वेदिक प्रोपायटरी मेडिसिन है और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दवाई है और इसको मन से बिल्कुल नहीं लेना है आपकी बॉडी हार्मोन्स के अकॉर्डिंग बॉडी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बॉडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इस भस्म के अलावा और कौन सी दवाई लेनी है कौन सी इसके साथ में भस्म लेनी है वो सारी चीजें आपको जो है देखना पड़ती है ठीक है तो इसको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसे मन से नहीं लेना है अगर आप इसको लेना चाहते हैं या आपको कोई भी बीमारी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको फ़ोन लगा के पर्सनल कंसल्टेशन प्रोवाइड करवा दूँगा ऊपर डोजेस में लिखा हुआ है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन देखिए थोड़ा जूम कर देता हूं अब ताकि आपको क्लियर देखिए थोड़ा देखिए डोजेस में लिखा हुआ है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन मतलब चिकित्सक की देखरेख में ही इसका प्रयोग करें, अपने मन से नहीं लेना देखिए यहां पे लिखा हुआ है इंडिकेशन में लिखा हुआ है यूजफुल इन एपिलेप्सी हिस्टेरिया एंड अदर नर्व डिजॉर्डर्स ठीक है अब इसमें दो तीन चीजें लिखी हुई है हालांकि मैं अभी इसकी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि किन किन बीमारी में काम आती है कंपोजिशन ऑफ दिव्य कुल्याण भस्म इसमें किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है देखिए इसमें है कपरदक भस्म मुक्ताशुक्ति भस्म गोदंती हड़ताल भस्म प्रवाल पिष्टि और रजत भस्म इतनी सारी भस्म से मिलके दोस्तों ये बनी हुई है और इसके पीछे की साइड हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है पीछे के साइड में इसका नाम लिखा हुआ है आयुर्वेदिक प्रोपैटरी मेडिसिन लिखा हुआ है इसकी कीमत है अस्सी रुपये की 10 ग्राम आती है देखिए मैं कीमत आपको बता देता हूँ अस्सी रुपये की 10 ग्राम भस्म आती है और इसके अलावा बाकी इसकी मैन्युफैक्चर डेट वगैरह लिखी है अब देखिए इसका 10 साल का जो है टाइमिंग लिखा हुआ है कि दस साल तक ये ख़राब नहीं होगी वैसे भस्म कभी ख़राब नहीं होती है ठीक है बट फिर भी एक रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं कि उसके कारण ये लिखना पड़ता है मैन्यक्चर सॉरी एक्सपायरी डेट लिखना पड़ता है बस दोस्तों इसके ऊपर और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ठीक है अब इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ लेकिन मैं इसमें जो भी आपको बताऊँगा इसके अलावा अगर आपके बॉडी में और कोई बीमारी हो कोई तकलीफ हो तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती या कोई भी डाउट हो क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा मैं आपकी कमेंट का दो से तीन घंटे में आंसर दे दूँगा या आप मेरा पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर है इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं देखिए दोस्तों ये जो कुल्याशन भस्म है ये कैल्शियम का बहुत अच्छा हिस्सा होता है ठीक है इसमें कैल्शियम जो होता है बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलता है मतलब कैल्शियम के लिए बहुत अच्छी ये भस्म है जिनको कैल्शियम की कमी है तो वो कुल्यामिशन भस्म का अगर प्रयोग करेंगे तो आपकी कैल्शियम की कमी जो है पूरी हो जाती है ये दोस्तों ये आपके तंत्री तंत्र जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम ठीक है नर्वस सिस्टम की कोई भी रोग हो आपको एनी टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स ठीक है किसी भी प्रकार के नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के अगर आपको रोग है तो उसमें आपको ये बहुत अच्छे से काम आती है सभी मस्तिष्क की बीमारी चाहे वो छोटी सी हो चाहे बड़ी हो किसी भी प्रकार के दिमाग से संबंधित बीमारी में ये काम आती है जिन लोगों को दिमाग की कमजोरी है वीकनेस ऑफ ब्रेन ठीक है दिमाग की कमजोरी है उसमें बहुत अच्छे से काम आती जिन लोगों को मिर्गी के दौरे मतलब एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उसमें भी कुल्या मिश्रण भस्म बहुत अच्छे से जो है काम आती है जिन लोगों को तनाव रहता है डिप्रेशन रहता है एनजाइटी रहती है उन लोगों के लिए भी ये रामबन औषधि है दोस्तों मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं जितनी भी बीमारियाँ यहाँ बता रहा हूँ इसके लिए दोस्तों इसको अकेले नहीं लेना है इसको प्रॉपर डोजेस के साथ में लेना है और तभी आपको फ़ायदा करेगी अकेले भस्मों को नहीं लिया जाता है अब प्रॉपर डोज कैसे बनता है बता देता हूँ आपकी क्या प्रॉब्लम है आपकी बॉडी हार्मोन्स बॉडी सिचुएशंस बॉडी कंडीशंस क्या है उसको देखने के बाद मैं प्रॉपर डोजेज इसका बनता है तो इसके लिए आप मेरा कंसल्टेशन ले लीजिएगा मुझे व्हाट्सअप करके मैं आपको फ़ोन लगा कर पर्सनल कंसल्टेशन प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों इसका अगला फायदा की अगर हम बात करें तो ये आपका जो दिमाग है दिमाग को मजबूत बनाता है जिन लोगों का दिमाग कमजोर है ना देखो एक दिमाग की कमजोरी अलग होती है और एक के कमजोर दिमाग अलग होता है ठीक है तो दिमाग को ये मजबूत बनाता है दोस्तों जिन लोगों को याद नहीं रहता है ठीक है या कहते हैं स्मरण शक्ति कमजोर है याद करने की जो क्षमता है वो कमजोर है स्मरण शक्ति कमजोर है तो याद करने की क्षमता को स्मरण शक्ति को ये कुल्य मिश्रण भस्म बहुत अच्छे से जो है बढ़ाती है जिन लोगों को सोचने समझने की जो शक्ति है वो कमज़ोर है बहुत से लोग क्या होते हैं कि सोच नहीं पाते डिसीज़न नहीं ले पाते उनको हमेशा कंफ्यूज रहता है क्या करे क्या नहीं करें थोड़ी देर में हर थोड़ी देर में आप लोग कहते हैं ना अपने आ, जो डिसीज़न है वो बदल देते हैं थोड़ी देर में बोलते हैं नहीं ये कर ले फिर बोलते नहीं नहीं नहीं नहीं ये नहीं फिर बोलते ये कर ले फिर बोलते नहीं नहीं नहीं ये नहीं मतलब आपकी जो एक डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती कैपेसिटी होती है न डिजीजन मेकिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी जो है जिन लोगों की कम है वो इससे बहुत अच्छी पड़ती है मतलब जनरली भी अगर आप इसको लेते हैं तो आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत मजबूत हो जाती है जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था इस पर कैल्शियम है ना कैल्शियम जो होता है इसमें पर भरपूर मात्रा में होता है पूरी तरीके से कैल्शियम जो है इसके अंदर होता है तो जिन लोगों को हड्डियों की कमजोरी है है ना या जिन लोगों की हड्डियां कमजोर है ठीक है अब जैसे उस पर ऑस्ट्रोफेरेसिस हो सकता है अल्फ्राइटिस में भी हड्डियां कमजोर होती है या हड्डियों से संबंधित अगर कोई भी रोग है तो उसमें भी ये कुल्ल्या मिश्र भस्म आपको बहुत अच्छे से काम आती है जिन लोगों के दाँत कमजोर है दांतों की प्रॉब्लम है दांत कमजोर है ठीक है तो ये दांतों को मजबूत बनाता है दांतों की प्रॉब्लम को दूर करता है जिन लोगों के दांतों में चमक नहीं होती बहुत से लोग ऐसे हैं कि दांतों में चमक नहीं है तो दांतों में चमक भी लाता है ग्लो लाता है मतलब तो कहते हैं ना शाइनिंग जिसको बोलते हैं शाइनिंग लाता है जिन लोगों को हिस्टीरिया की प्रॉब्लम है हिस्टीरिया एक बीमारी होती है तो जिन लोगों को हिस्टीरिया की बीमारी है उसमें भी ये आपको फायदा करता है ओवरऑल दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेनली अगर काम आता है तो दिमाग से संबंधित सभी रोगों में ये काम आता है ठीक है दोस्तों मैंने इसमें जो भी बीमारी बताई है इसके अलावा अगर आपको और कोई बीमारी हो और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे स्क्रीन पर दिएगा व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैं आपको पर्सनल कंसल्टेशन प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या कोई चीज़ आपको डाउट हो क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए मैं अभी आपकी कमेंट का दो से तीन घंटे के अंदर अंदर, अंदर आपको रिप्लाई कर दूँगा दोस्तों इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में और भी कोई ऐसी इच्छा है कि जो चीज़ मैं आपको इसमें बता नहीं पाया हूँ या अगर आपकी कोई बीमारी है जिस कारण जिस बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा आप लोगों की बीमारी के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके कर आऊँगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो को बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको ये कुल्या मिश्रण भस्म चाहिए या कोई भी दवाई चाहिए या आपकी आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिएगा व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं फ़ोन लगा के पर्सनल कंसल्टेशन आपको प्रोवाइड करवा दूँगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी दोस्तों WhatsApp, Facebook पे शेयर कीजिए अपने WhatsApp और Facebook के स्टेटस पे लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो को इस कुल्या मिशन भस्म के बारे में लाभ मिल सके जानकारी मिल सके अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद वंदे महात